किन्नर इस देवता की सिर्फ पूजा ही नहीं करते बल्कि उनके साथ विवाह भी रचाते हैं अर्जुन और उलूपी के पुत्र अरावन किन्नरों के देवता हैं। तमिलनाडु में अरावन देवता की पूजा की जाती है यह विवाह साल में एक बार किया जाता है और विवाह के अगले दिन ही अरावन देव की मृत्यु हो जाने के साथ ही वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में स्वैचिकर बली हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है अरावन खुद को प्रस्तुत करता है लेकिन वो शर्त रखता है की वो अविवाहित नहीं मरेगा कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता है जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वन्य को मोहिनी रूप में बदलकर अरावण से शादी करते हैं अगले दिन अरावण स्वयं अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित करता है श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावण से शादी रचाते हैं इसलिए किन्नर जो की स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावन ऐसी एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं